या देवी संस्थिता सर्वूतेषु शक्तिपेण संस्था नमो नमः जय जय महालक्ष्मी माता जग जननी सिंधुसुजाता दैन दरिद्री वारे भक्तों की प्रियकारिणी सुर नर मुन सब विनती करते मस्तक चरणों में धरते नमः नम भवतारिणी जय देवी हरि की प्रिय प्रियकारिणी जय जय महालक्ष्मी माता जग जननी सिंधु सुजाता दैन दरिद्री वारिणी जय देवी भक्तों की प्रिय कारिणी महालक्ष्मी विविध स्वरूप है महाकाली सरस्वती दुर्गा है वैष्णो देवी कामाख्या है विंध्यवासिनी योगमा पुर सुंदरी माता हो तुम क्षेर भवानी सुख दाता हो तुम ही नव दुर्गा तुम ही दश विद्या तुम्हारी माया ना जाय जानी महालक्ष्मी जगत कल्याणी तुम्हारी पृथ्वी लोक के प्राणी महालक्ष्मी जगत कल्याणी तुम्हारी जय हो माता रानी ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ठाडे कर लक्ष्मी माता ओम जय लक्ष्मी माता मैया जय लक्ष्मी माता सदा निभाना हमसे स्नेह भरा नाता ओम जय लक्ष्मी माता माता महालक्ष्मी की स्तुति जो कोई गाता मैया प्रेम सहित गाता उनंद समाता सब पाप उतर जाता ओम जय लक्ष्मी माता मैया जय महामाया माता सर्वस्वरूपे सर्वे शे सर्वशक्ति समन्वीते भयेसा ही नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते चरण कमलेभ्यो नम मक्म्मीदी की जय जय